दोस्तों इस इल्यूजन को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों इस इल्यूजन को ध्यान से देखिए ये इल्यूजन सब कुछ घुमा सकता है आपको इस इल्यूजन के बीच में 15 सेकंड तक देखना है चलिए शुरू करते हैं 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. एक, दोस्तों अब अपने आसपास देखिए आपको सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा होगा अगर दिख रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें